किसी भी बोरिंग से बोरिंग काम को बच्चों की तरह खेल समझ करके करते जा रहे आसान है आसान है अरे करो यार मज़ा आ रहा है मजा मजा आ आ रहा रहा है, है। तो मज़ा आना चाहिए कुछ भी आप कर रहे हो तब आप सक्सेसफुल हो मजा आना बंद हो गया रस आना बंद हो गया मतलब आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन ठीक है बस पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ देन यूल मशीन लाउन द लाइन वो बच्चा मरी जाएगा वो जागेगा ही नहीं तो जो आपके अंदर से आ रहा है ना मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि आप जो भी मांगोगे दिल से वो आपको मिल जाएगा आप ये मांगते हो कि एक साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से हजार गुना बड़ा होगा ठीक है और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है वो भी बहुत बड़ा होगा अब अगर आपके मन में डाउट है कि होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा मगर अगर आपने मान लिया कि होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सकती मेरे जैसे हजार लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि नहीं होगा नहीं होगा लेकिन आप कर जाओगे चार साल के अंदर होगा जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा शादी भी होगी ये भी होगा बिजनेस भी होगा और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा उसको लेकर बड़ा जो इंडिया का सबसे बड़ा होगा अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा ये छोड़ो कैसे होगा गारंटेड हो जाएगा मैं भी लिख करके ब्लैक पेपर में पे साइन करके दे देता हूँ छोड़ दो होगा पागलपन का मतलब ना लोग ये समझ रहे हैं कि पागलो जैसी हरकतें करो सड़क पर जाकर डांस करो और लोग बोले लग जाए पागल तो हो गए तो आप सही ट्रैक पे होट डॉट मीन पागलपन मैंने उस तरह इशारा नहीं किया था पागलपन पे सपोज जॉब छोड़ के बैठ जाओ पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ तो लोग तो बोलेंगे पागल हो अरे तो मैं भी बोलूंगा पागल हो राइट क्योंकि आपको फेथ है नहीं अपनी लैंड को फर्टाइल किया नहीं और एक्शन पहले ले रहे हो सबसे पहले लैंड को फर्टाइल किया मतलब अपनी गंदगी को साफ किया जो कचरा भरा हुआ था अंदर दिमाग में बॉडी में उसको खाली किया लैंड फर्टाइल हुई फिर बीज को बोया उससे भी पहले बीज किया कि बीज कौन सा बोना है अंदर की आवाज सुनी फिर जाकर के उस बीच को बोया लोग क्या करते हैं अंदर की आवाज़ सुनी नहीं एकदम से स्किप कर दिया अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का किसका करता है सब छोड़ दो पढ़ाई सब पूरी दुनिया बोले पागल हो गए हो तो आप सच में पागल हो गए हो क्या करोगे Right. So, पागल हो गए उस लेवल पे जा करके जब आप कुछ ऐसा मानने लग गए हो जानने नहीं शौकिया नहीं मानने लग गए हो जो और लोग नहीं मान पा रहे लेकिन आप मानते हो कि वो चीज होगी तब आपको लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए तब आप सही ट्रैक पे। इन सम्रॉगली अनबल एक आदमी ने पढ़ाई छोड़ दी अब अगर वो ये कोई आकर के बोलता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ाई छोड़ दी अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है कोई यहाँ पर आकर करके मेरे पास में बैठता है और मैं उसको बोलता हूँ भाई तूने पढ़ाई तो छोड़ दी अब तो तू बर्बाद हो जाएगा तू तो गया ना तुझे नौकरी मिलेगी ना तुझे घर वाले सपोर्ट करने के जो सच है ठीक है ना अब तू कुछ कर सकता तू क्या करेगा तू तो सड़क पर धक्के खाएगा भाई भीक मांगेगा और वो डर के बैठ जाए तो समझ जाओ वो सच में पागल है राइट वो पागलपन नहीं है वो वो सच में पागलपन है असली पागलपन ये है कि मैं उसको बैठ करके पे डरा रहा हूं। मेरे जैसे हजार लोग बैठ करके उसको डरा रहे है। बोल रहे हैं। हैं बोल कि तूने क्या कर दिया भाई? तूने पढ़ाई छोड़ दी। और वो वो हंस रहा रहा है बैठा -बैठा। तो कह रहा, अच्छा? faith. Faith. है बैठा-बैठा। कह अच्छा आनंद बात करेंगे पागलपन बोलते हैं जो सच है बट पागलपन ऐसा जो खोखला है सिर्फ इसलिए कि भाई उसने किया उसने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा और लोग मुझे पागल बोलेंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा क्या सेंस है क्या सेंस है अपने फेथ को पकड़ो अपने बिलीफ को पकड़ो देन डू समथिंग विच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन बट यू हैव स्ट्रॉग बिलीफ कि अगर वही संदीप महेश्वरी जिसको देख करके तुमने ग्रेजुएशन छोड़ी वही आकर के कहता है कि यार तुम बर्बाद हो गए तो उस संदीप महेश्वरी को देख करके हंसके बोलो अरे तू बर्बाद है छोड़ना तुझे नहीं पता तुझे नहीं पता मैं क्या कर रहे